शिवम तिवारी जी आप पूछ रहे हैं ऑनलाइन में बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर गुरुदेव हमें राष्ट्र एवं धर्म में से किसे प्रथम रखना चाहिए तो सुनो आप पूछ रहे हो यहीं बैठे हो तुम्हारी जय हो आगे के लगे ई पे का ये प्रकट होगा सुनो चलो कोई बात नहीं राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है राष्ट्र बचेगा तभी धर्म सुरक्षित होगा राष्ट्र ही धर्म है शिवम जी राष्ट्र ही धर्म है और धर्म ही राष्ट्र है बस ये मान करके आपको चलना है